शाहरुख खान के फैन फोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है सबसे पॉपुलर स्टार माने जाने वाले शाहरुख खान एक बार फिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पर्दे पर नजर आए बताया ये भी जा रहा है कि बुर्ज खलीफा के म्यूजिकल फाउंटेन ने शाहरुख के विज्ञापन के साथ स्क्रीन आरोप रोशनी करने ऐसी पहले उनकी ओम शांति ओम के धुन भी बजाई देखिए मेरे साथ वीडियो